आगे आगे। इसका का हुआ नहीं था एक्सीडेंट एक्सीडेंट हैप्पी कर कर दे दिलू है जो देखेगा दे। तो पागल हो जाएगा सॉरी सौ रुपया तो वो आ रहे अभी इसका गरीब है तो तो नहीं नाले ही जाती फिर तो तो फिर तो आ जाते हम लोग पर थोड़ा अच्छे से पर ऐसे पढ़ देख लिया क्या है है एक्सीडेंट एक्सीडेंट भी तो नहीं नहीं नहीं, नहीं है। सही आता मैं अरे फोटो लेने का है कैसा चाह बेड़ी पिएगा तुम अच्छी इसे में लगा के जलाना नहीं जड़ता ना हाथ मेरा जल जाता उल्टा जल जाता इधर से एक इधर से फोटो ले पूरा ले नींबू को पिघला केक पे डाल रहे हैं ये गिर लेंदे हैं ये एक्सीडेंट है ये एक्सीडेंट है खुशी में काट रहा है तीन पीस में काट ऐसे <laughs> तीन पीस कर दे तू तो खाली केक केक काट के <laughs> केक का बहुं सही बहुं सही काट काट बस बस हल्का सा बाकी हम हम लोग कर लेंगे इनसे चल निकल तू कौन एक एक घर में में नहीं पहचानते इसका काटेगा तीन पीस है नंबर नंबर बहुत बहुत सही सही ऐसे ही अरे आराम से चाकू मत तोड़ देना जिस हिसाब से तू काट रहा है रहे <laughs> देख है करता। तो है है अभी हम लोग का का सही अरे इसमें होता ये ये ले ये ले क्या कर ऐसा क्रीम खा ले अबे आधा से ज़्यादा मुँह तो, तो, तो, तो, तो, तो खोलेगा नहीं ढंग से तो चलो खा ले से आया मतलब अभी शेक के हम केक काटे थे हम लोग का पहले प्लान था कि हम लोग जाएँगे कहाँ रिशॉर्ट में घूमेंगे मतलब रिशॉर्ट जाने का क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है उस हिसाब से हम ने प्लान बनाया रिसोर्ट जाने का और रिसोर्ट का प्लान कैंसिल हो गई क्योंकि भाई की हम गाड़ी मांगे मतलब भाई जो अपने साहि भाई है उनकी गाड़ी लेने के और उनकी गाड़ी गई सर्विस के लिए और हम प्लान कैंसिल किया फिर तो हम सोचा पैसा है तो फिर एक काम करते केक लेते तो भाई साहब का जो एक्सीडेंट हुआ था और हम सोचा इसको एक सरप्राइज़ दे तो हैप्पी एक्सीडेंट का उन्होंने केक काटा और केक भी खाने के बाद जस्ट मैं सो ही गया था तो सो के उठा तो फिर याद आया अरे घर पे भी तो काम है तो घर पे आया अभी काम में करके अभी जस्ट बैठा हूँ और रोहित भाई को हैप्पी बर्थडे तो चलते अभी आके कुछ काम लेकर का वो भी करके और अभी से का फ़ोन भी आ रहा है फ़ोन किया था कि बोला कि अभी हम लोग जाकर कपड़ा रहे क्योंकि उसको बारह तारीख को उसको उसका इंटरव्यू हो तो उसको फॉर्मल ड्रेस चाहिए तो उसके पास जितने सब पंखी टाइप कपड़े तो भी फॉर्मल ड्रेस भी लेना है तो चलते हैं फटाफट से और हो सकेगा तो व्लॉग करूँगा कि आज मैंने व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया डायरेक्टली मैंने व्लॉग शुरू कर दिया अपना बोलते हैं इंट्रो नहीं दिया तो वो तो कर नहीं पाया तो अगर हो पाएगा तो दिखाऊँगा क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग है ही नहीं तो अभी चलते फटाफट से उसका कपड़ा लेके आते